लो दोस्तों वेलकम टू बैंड टू प्रयाग्राह की यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आप सभी स्वागत करता हूं और आज की जो क्लास होगी हमारी वो लेवल क्लास होगी और लेवल के क्लास में हम लोग जो सब्जेक्ट देखेंगे वो एम वन आर फोर एंड एम जैसा आप लोग पता है इस बार से जो ओलेबल एग्ज़ाम होगा उसका सलेबस रिवाइज हो गया है और उस रिवाइज सिलेबस का नाम है एम जो कि आई टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम और बेसिक ऑफ इंटरनेट को मिला के बना है तो जो हम जो मैं टॉपिक लिया हूँ वर्ड प्रोसेसिंग एम जिसके अंतर्गत एमएस वर्ड आता है वो टॉपिक आपके एम एन आर में भी कवर करेगा एम ठीक तो ये जो लेक्चर है आप दोनों के लिए प्रेफर कर सकते अगर आप एम का पेपर दे रहे हैं उसमें भी काम करेगा एम एस वर्ल्ड अगर अलग से पढ़ रहे उसमें भी काम करेगा ट्रिपल सी पढ़ लें उसमें भी काम करेगा और अगर न्यू सलेबस है तो उसमें भी काम करेगा तो इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने होम टैब देख लिया था उसका प्रैक्टिकल वाला भी जो वीडियो है कल अपलोड हो गया है तो जो हमारी क्लास है इसी तरह चलेगी मतलब पहले लेक्चर होगा उस लेक्चर में जो प्रैक्टिकल की चीज़ें होंगी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो अपलोड की जाएंगी एक के बाद एक उसमें लिख दिया जाएगा प्रैक्टिकल लेक्चर वन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लेक्चर टू तो आज का जो आज जो हम वर्ड प्रसिंग पढ़ेंगे वो अगला टैप पढ़ेंगे जो अगला टैप है वो इंसल्ट टैब है ठीक है जो कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं स्क्रीन इसको ले आ रहा हूं ये आ गया ठीक है तो ये मैंने क्रॉप करके रखा हुआ है ताकि आप लोग दिखता रहे इंसल्ट टैप तो इंसल्ट टैब में हम लोग इस इंसल्ट टैप में जो हम लोग पहला ब्लॉक देखेंगे पेजेस ब्लॉक ठीक है हर यहाँ पर जो जितने भी बटन्स हैं वो ब्लॉक वाइज डिवाइडेड हैं तो ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे ज़्यादा आसानी रहेगी और समझ में भी आएगा तो पहला पेजेस ब्लॉक में पहला जो है वो है क्या है कवर पेज और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है कवर पेज क्या होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज होता है वो कवर पेज होता है जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के बारे में उसकी हेडिंग उसका टाइटल उसके ऑथर उसमें क्या क्या है ठीक है जैसे जैसे बुक खरीदते हो तो पहला पेज जो होता है कवर पेज होता है उसी तरह यहाँ एम एस में जब हम डॉक्यूमेंट कोई बनाते हैं तो जाहिर सी बात है पहला पेज जो होगा वो थोड़ा स्टाइलिश होगा जिसको हम लोग कवर पेज बोलते हैं तो यहाँ पे जब आप जाएंगे कवर पेज के अंदर तो कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होंगे कवर पेज के जहाँ पे भिन्न भिन्न स्टाइल के कवर्स होंगे उन कवर को यूज करके आप अपने हिसाब से अपना मैटर डाल के एक अच्छा और बढ़िया कवर पेज तैयार कर सकते हो बाकी आपको खुद आता खुद से बना सकते हो लेकिन यहाँ पे जो कवर पेज है यहाँ पे इसके अंदर जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे कवर पेज की डिजाइन दिख जाएंगे जो भी आपको पसंद आएगा वो आएगा एग्जाम में पूछता है कवर पेज हम इंसर्ट करते हैं मान लो थर्ड नंबर पेज पे है और अगर हम कवर पेज का यूज करते हैं तो कवर पेज क्या फोर्थ नंबर पे आएगा नहीं आप चाहे जिस भी पेज में हो डॉक्यूमेंट के जब भी आप कवर पेज पे क्लिक करोगे तो हमेशा पहला पेज ही होगा वही कवर पेज होगा ठीक है यानी कोई भी डिजाइन लोगे तो फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे ही कवर पेज आएगा वो टम्पलीट आएगी इसीलिए उसको हम कवर पेज बोलते हैं एग्जाम के हिसाब से आपको तो ये जान दीजिए कि कवर पेज जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का पहला पेज जो होता है वही कवर पेज होता है ठीक तो ये कवर अब उसके बाद क्या है ब्लैंक पेज जैसे तो जानते हैं जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं दूसरा क्या है ब्लैंक पेज नान सी समझ में आ गया होगा जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बाई डिफॉल्ट उसमें एक पेज होता है लेकिन आपको अगला पेज चाहिए तो इंटर मारते तब भी आ जाता है अगर यहां पे क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा यानी इंटर मारने के बाद भी नेक्स्ट पे जाता है और ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो एक पेज हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा तो ब्लैंक पेज से क्या कर सकते हैं हमने डॉक्यूमेंट पे, पे पेज ऐड कर सकते हैं फाइल नहीं आएगी नहीं ये बहुत ही थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है ब्लैंक पेज पर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर ही क्या होगा एक नया पेज ऐड हो जाएगा अगला क्या है पेज ब्रेक का तो शॉर्टकट क्यों कंट्रोल प्लस इंटर बटन तो पेज ब्रेक मतलब पेज को ब्रेक करना तो ये हम समझ सकते हैं मान लो हमारा पेज है और मैंने कोई मैटर लिखा और तो कर्सर हमारा यहाँ है तो जैसे ही हम लोग पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा जो यहाँ से मैटर जितना है ये ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट पेज में आ जाएगा तो किसी भी आप किसी भी पैराग्राफ की लाइन से क्या कर सकते हैं पेज को ब्रेक कर सकते हैं यानी जहां भी कर्सर होगा वहां से क्या होगा हमारा मैटर टूटेगा यानी ब्रेक होगा और नेक्स्ट पेज पे आके शिफ्ट हो जाएगा तो पेज ब्रेक से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी आ, लोकेशन से जहाँ पे कर्सर होगा वहां से अपने डॉ अपने मैटर को दूसरे पेज में शिफ्ट कर सकते हैं थ्रू पेज ब्रेक कमांड इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंटर ये नोट कर लेना क्योंकि बहुत बार वो लेवल में ये आ चुका है कंट्रोल प्लस इंटर ठीक तो हम लोग का ये फर्स्ट इंसल्ट टाइप का फर्स्ट ब्लॉक पेजिस ब्लॉक खत्म हुआ देखिए इम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कवर पेज ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है और प्रैक्टिकल में भी ये बहुत जरूरी है उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं टेबल्स ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल ब्लॉग्स क्योंकि जब भी हम वर्ड पे काम करते हैं तो टेबल जो बनाते रहते हैं हमेशा नहीं उसकी हमेशा जरूरत पड़ती रहती है तो टेबल्स ब्लॉक में हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें एक टेबल्स नाम का एक आ, कमांड है इस तरह करके इसपे जैसे ही क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट टाइप क्या है रो एंड कॉलम दिया रहेगा जितने जितने रो जितने कॉलम चाहिए उतने बाय उतने का टेबल बन के तैयार हो जाएगा तो एक तरीका ये है कि माउस के थ्रू टेबल बना सकते हो दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका इसमें दिया होगा सेकेंड तरीका इंसल्ट टेबल इसपे जैसे ही क्लिक करोगे एक बॉक्स खुलेगा पूछेगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ठीक मालूम तीन बाई दो का बनाना है तीन और दो लिखा ओके okay कर दिया तो तीन रो और दो कॉलम का टेबल बन के तैयार हो जाएगा ठीक है तो ये जो होता है ये कॉलम होता है और ये जो होता है रो होता है ठीक है टेबल कैसे बनता है रो एंड कॉलम जो आपस में मिलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम टू मेक अ टेबल ठीक और जहाँ पर इंटरसेप्ट होता है उसको क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं ठीक तो ये सेल है ये कॉलम है और ये रो है ठीक तो जैसे ही टेबल बनाओगे तो, तो हमारा जो ऊपर टैब है जहाँ होम टैब इंसर्ट टैब ये सारे डिज़ाइन टैब ये सारे टैब हैं उसी में एक और टैब जुड़, जुड़ जाएगा फॉर्मेट का ठीक यानी अ वहाँ पर जाके आप टेबल को मैनेज भी कर सकते हो मान लो हमें तीन बाई चार तीन बाई दो का टेबल लिया था हमें एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कहाँ जाएंगे ऊपर जैसे यहाँ कर्सर रखोगे ऊपर देखोगे फॉर्मेट टैब आ जाएगा यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं टेबल की सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल डिलीट करना रो लेना रो डिलीट करना कॉलम लेना कॉलम डिलीट करना हेडिंग बनाना टेबल में सेटिंग देना टेबल में कलर करना टेबल की लाइन मोटी पतली करना ये सारे काम कहाँ से हो गए फॉर्मेट टैब से ये ऐसे नहीं दिखता जब टेबल बना लोगे टेबल सेलेक्ट करोगे तब ये टैब ऊपर आ जाता है तो अभी हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया हम क्योंकि हमारा कर्सर टेबल के अंदर है हमें एक कॉलम चाहिए तो फॉर्मेट टैब में जाओगे वहाँ पे ऑप्शन होगा इंसर्ट कॉलम इस पर जैसे ही इंसल्ट करोगे तो पूछेगा कॉलम लेफ्ट साइड चाहिए कि राइट साइड एक चाहिए कि दो चाहिए जितना लिख दोगे उतना कॉलम लेफ्ट में या राइट में आके ऐड हो जाएगा ठीक जो प्रैक्टिकल क्लास होगी या प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें मैं दिखाऊँगा कैसे होता है अभी भी समझ लो कि टेबल के टेबल में हम लोग क्या कर सकते हैं इंसल्ट टेबल के माध्यम टेबल ऐड कर सकते हैं और टेबल को मैनेज करने के लिए हम लोग फॉर्मेट टैप का यूज़ करते हैं, सही? और इस क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के हिसाब से तो इसको आप लोग कई बार बना के देख लेना उसके बाद ये लोग ब्लॉक खत्म अगला ब्लॉक इलिस्ट्रेशन ब्लॉक अगला ब्लॉक जो है इलिस्ट्रेशन ब्लॉक है और इसमें जो पहला है वो पिक्चर्स सही? ना तो चल रहा पिक्चर्स यानी यहां पर हम लोग क्या सकते? Document, कर सकते अपने डॉक्टमेंट पिक्चर को एड कर सकते हैं मान लो कोई मोबाइल फोटो खींची या कैमरे से फ़ोटो खींची उसको हमें अपने एमएस एस वर्ल्ड के पेज पे लाना है तो हम लोग पिक्चर पे जाएंगे वहाँ पे अपने ड्राइव पे चूज़ करेंगे सी डी ई या यूएसबी ड्राइव जो भी हो पेन ड्राइव में वहाँ पे जाएंगे फोटो फोटो पे फ़ोटो क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो वो फ़ोटो क्या होगी हमारे पे पेज पर आ जाएगी जैसे आप लोग मान लो, लो रिज्यूम बना रहे हैं साइड में फ़ोटो लगानी है तो आप लोग क्या करेंगे पहले फ़ोटो खींचेंगे मोबाइल से मोबाइल को क्लग करेंगे और पिक्चर वाले कमांड से आप उस पिक्चर को अपने पेज पर ले आ सकते हैं ठीक जैसी पिक्चर सेम उसी तरह टेबल की तरह जैसी पिक्चर आएगी पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो ऊपर वापस फॉर्मेट टैब आ जाएगा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं पिक्चर को मैच करते पिक्चर को आगे भेजना पिक्चर को पीछे भेजना पिक्चर को पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ाना पिक्चर का कंट्रास्ट बढ़ाना पिक्चर को क्रॉप करना ठीक है ये सारे काम लोग कहाँ करेंगे फॉर्मेट टाइप से ठीक और ये जनरली शो नहीं करता है जैसे पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो ऊपर फॉर्मेट टाइप आ जाएगा यानी आप पिक्चर की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो एक पिक्चर बड़ा छोटा कट आगे पीछे काटना मैटर के पीछे हो कि मैटर के आगे हो वो सारे काम यहां से कर सकते हो ठीक तो पिक्चर कमांड मानस हम लोग कोई भी पिक्चर बाहर से अपने पेज पर ले आ सकते हैं अगला है अगला है सेप्स ठीक तो सेप्स में क्या रहता है इसमें बने बनाए शेप होते हैं जैसे हम लोग रेक्टेंगल चाहिए ट्राइंगल चाहिए लाइन चाहिए स्माइली चाहिए कल आउट्स चाहिए तो सारे शेप सबको यहाँ से मिल जाएंगे जैसे ही शेप कमांड पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे एरो रेक्टेंगल ट्राइंगल लाइन स्माइली और भी अदर अदर तरह के शेप्स से यहाँ पे मिल जाएंगे और उस शेप के थ्रू हम लोग अपने पेज पर उसको ले आ सकते हैं उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं ब्लैक कर सकते हैं उसके अंदर टेक्स भर के कहीं भी उठा के रख सकते हैं जैसे बाय द वे रिज्यूम के लिए बॉक्स बनाना है तो शेप सही बनेगा ठीक है मालो को, मालो हमें कोई कार्टून बना रहे हैं तो इस तरह है, है ना अंदर लिखते हैं तो वो भी चीज यहीं से मिलेगी यानी पे बने बनाए होंगे क्लिक करना है ड्रैग कर खींचना है अंदर कुछ भी लिखना है और कहीं उठा के चिपका देना तो यहाँ पे हम लोग सेप्स कमांड से किसी भी तरह के सेप्स ट्राइंगल रेक्टेंगल लाइन जो भी हो यहाँ से यूज कर सकते हैं अगला है क्लिप आर्ट ठीक है क्लिपकार्ट इसमें दिख नहीं रहा क्योंकि मेरा अभी नया वर्जन है उसमें क्लिपकार्ट का नाम चेंज कर दिया गया है लेकिन आप लोग जो यूज़ कर रहे होंगे एम वर्ड उसमें क्लिपकार्ट ज़रूर होगा तो क्लिपकार्ट में क्या है प्री डिफाइन क्लिपेस इमेजेस के वहाँ पे पड़े रहते हैं जो कि ऑटोमेटिक एम एस के साथ इंस्टॉल होते हैं यानी हम लोग बाहर से इसको इंस्टॉल नहीं करते ऑटोमेटिक वर्ल्ड के साथ कुछ बने बनाए पिक्चर्स आते हैं जैसे एनिमल्स के बिल्डिंग्स के बिजनेसिस के ठीक है मेंस के वुमेंस के गर्ल्स के बॉयज़ के बने बनाए पिक्चर होते हैं छोटे छोटे कार्टून टाइप के तो उनका अगर यूज कहीं आप कहीं पे आपको है और उसको अपने पेज पे लाना है तो क्लिप पार्ट के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लिप को अपने पेज पर पे इंसर्ट कर सकते हैं ठीक तो क्लिप पार्ट हो गया अगला है स्मार्ट आर्ट ठीक है स्मार्ट आर्ट में भी बने बनाए पिक्चर्स होंगे स्मार्ट आर्ट में जैसे मान लो आपको किसी चीज़ की साइकिल दिखानी है ऐसे मान लो या प्रोसेस दिखाना है या कोई चेन दिखानी है ये इसके अंदर में इसके अंदर में इसके अंदर में तो इस तरह का अगर आपको इमेज चाहिए तो हम लोग ये आप ये चीज़ यानी इस तरह की इमेज जो हमें कहाँ मिलेगी स्मार्ट आर्ट के अंदर मिल जाएगी या इस तरह मान कुछ चाहिए ठीक है तो यहाँ स्मार्ट आर्ट में क्या होंगे आपको इस तरह भिन्न भिन्न तरह के बने बनाए क्लिप आर्ट मिल जाएंगे जिनका यूज हम लोग असाइनमेंट्स में या किसी तरह बिजनेस में हम इसको दिखा सकते हैं मालूम है कोई चीज़ बतानी है कि ये इसके अंदर में तीन लोग हैं इसके अंदर में चार लोग हैं अगर हम ऐसे बताते हैं तो हमें समझ नहीं आएगा लेकिन हम वही वही चीज़ पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ आती है ठीक है तो इस तरह हम लोग बने बने उसमें बहुत सारे स्मार्ट चार्ट्स होंगे अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे क्लिक खाली आपको सिलेक्ट करना है और क्लिक करके ड्रॉप कर देना है तो ऑटोमेटिक खिंच जाएगा ठीक अगला चार्ट चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे हम मान लो हमें मैथ पढ़ा होगा चार्ट बनाना ठीक है तो चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होंगे जैसे जैसे कॉलम चार्ट बार चार्टी चार्टेप क्या होता है पिक्चर तो तो बना के पूछ लेता ये किस टाइप का चार्ट है? पाई है कि कॉलम है कि बार है की लाइन चार्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को चार्ट के माध्यम से शो so, कर सकते हैं सिंपल कुछ नहीं करना है चार्ट पे क्लिक करना है चार्ट का टाइप चूज करना है जैसे ही चार्ट का टाइप चूज करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे वैसे ही क्या खुल जाएगा एम एक्सेल खुल जाएगा जहाँ पे डेटा फिल करना है जो भी आपका डेटा हो मान लो कंट्री है और ईयर है पॉपुलेशन है तो आपको बस वहाँ पे कंट्री ईयर पॉपुलेशन भरना है ओके okay कर देना है वहाँ ऑटोमेटिक पे पेज पर पे चार्ट बन तैयार हो जाएगा यानी चार्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना चार्ट का टाइप चूज करना है और हमें अपना डेटा फिल करना जो भी डेटा आपके पास है जैसे ही फिल करोगे ऑटोमेटिक चार्ट यहां पे तैयार हो जाएगा ठीक तो ये चार्ट हो गया अगला तो ये वाला ब्लॉक खत्म अगला ब्लॉक टेक्स्ट ब्लॉक अगला ब्लॉक टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक में क्या है टेक्स्ट ब्लॉक में पहला है टेक्स्ट बॉक्स ठीक नाम तो चल रहा है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे एक बॉक्स खिल जाएगा बॉक्स खुल जाएगा बन जाएगा इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं पेस्ट ही और फोटो ही जो भी इसको उठाकर कहीं भी हम लोग पेज पर रख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स नाम तो चल रहा है ऐसा बॉक्स जिसके अंदर टेक्स्ट को हम लोग लिख सकें तो कोई भी बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे उस बॉक्स को लेंगे टेक्स्ट अंदर लिखेंगे कहीं उठा के रख सकते हैं बाकी जैसे ही इसको लोगे ऊपर फिर फॉर्मेट आ जाएगा टेक्स्ट के अंदर कलर भरना है टेक्स्ट की सॉरी बॉक्स अंदर कलर भरना है बॉक्स की लाइन मोटी पतली जो भी सारा कुछ करना है तो हम लोग फॉर्मेट वाले टैप से यहाँ पर कर सकते हैं अगला वर्ल्ड आर्ट वर्ल्ड आर्ट में क्या होगा प्री डिफाइंड स्टाइलिश टेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट के थीम्स बने होंगे अलग अलग तो मान लो हमको अपने नाम को स्टाइल में लिखना है बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी तुरंत लिखना है तो जैसे ही वर्ल्ड आर्ट पे जाएंगे तो प्री डिफाइंड स्टाइल्स वहाँ पर रख रहेंगे उस स्टाइल को चूज करेंगे अपना नाम लिखेंगे ओके okay करेंगे उसी स्टाइल में हमारा नाम या जो भी टेक्स्ट आपने इंटर किया है उसी स्टाइल में हमारा टेक्स्ट हो जाएगा फिर तो उसको बड़ा छोटा तिरछा जो भी करना हो कलर चेंज करना हो सारा काम फॉर्मेट टैप्स होगा तो वर्ल्ड आर्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हैं थ्रू वर्ल्ड आर्ट थीम बॉक्स ब्लॉक्स। ठीक उसके बाद अगला है ड्रॉप कैप ड्रॉप कैप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पूछता है कभी कभी ड्रॉप कैप्स क्या समझते हो उसमें वाले में आ जाता है तो ड्रॉप कैप का मतलब कि जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट होगा उस पैराग्राफ फर्स्ट लाइन का फर्स्ट करेक्टर क्या होगा वो बड़ा होगा ठीक जैसे मान लो न्यूज पेपर में देखते हो खूब बड़ा टी लिखा रहता फिर फिर अंदर न्यूज में देखा होगा ठीक तो ये जो बड़ा वाला मैटर टी लिखा है ये किससे हुआ है ड्रॉप कैप से हुआ है ठीक है अक्सर मैगजीन्स में या फिर जो भी इंग्लिश के न्यूज आते हैं उसमें फर्स्ट लेटर बहुत ही बड़ा सीखा होता है उस फर्स्ट लेटर को करने में या उस फर्स्ट लेटर जो जैसे होता है वो ड्रॉप कैप के माध्यम से होता है इसमें इंपॉर्टेंट ये है ड्रॉप कैप जो हम यूज करते हैं तो जो लेटर बड़ा होता है उसके समान कितनी लाइन होती है? यानी कितने पैराग्राफ की लाइन के अंदर आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट थ्री आती है ठीक मान लो हमने कोई लिखा तो ये अच्छी ये होगा, दो हुआ तीन चौथी लाइन यहाँ से आएगी तो वन टू थ्री तो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ की तीन लाइने होती हैं और उसके बाद चौथा जो होता है नया लाइन से यानी उसके नीचे स्टार्ट होता है तो कई बार पूछा गया ड्रॉप कैप के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन्स होती है पैराग्राफ की तो बाय डिफॉल्ट थ्री होती है मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं नाइन कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग नाइन लाइने इस टी के अंदर लाइन मतलब नौ लाइन पैराग्राफ की इसके अंदर लिख सकते हैं बाई मैक्सिमम उसमें ऑप्शन आता है ड्रॉप के अंदर सेटिंग में कि आपको ड्रॉप कैप के अंदर कितनी पैराग्राफ की लाइन्स रखनी है तो मैक्सिमम नौ कर सकते हैं बाई डिफॉल्ट तीन होती ठीक तो यह हो गया अगला डेट एंड टाइम ठीक एकदम इजी है डेट एंड टाइम में जैसे क्लिक करेंगे जो भी सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा सिस्टम में जो तो गलत होगा वही आएगा ठीक है डेट एंड टाइम में क्या कर सकते हैं अपने पेज पर करंट डेट एंड टाइम करंट सिस्टम डेट एंड टाइम को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे पहले तारीख फिर महीना फिर साल पहले साल फिर तारीख फिर महीना पहले महीना घंटा मतलब हर पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के डेट एंड टाइम्स के बने होंगे लिस्ट जो भी आपको पसंद है जैसे क्लिक करेंगे वो उसी टाइप का डेट एंड टाइम हमारे पेज पर आ जाएगा ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट सब टेक्सट ब्लॉक के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी दूसरे प्रोग्राम से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ले आ सकते हैं जैसे फोटो में बनाना है फोटो बनाने का काम कहा होता है फोटोशॉप होता है ठीक है हम लोग सब जानते हैं कि फोटोशॉप की फाइल वर्ल्ड में नहीं खुलती वर्ल्ड की फाइल फोटोशॉप में नहीं खुलती सबको पता है लेकिन ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं फोटोशॉप से पे किया हुआ काम अपने तो पे पे तो भी सॉफ्टवेयर सब, चाहे चाहे सब कुछ मान लो हमने फोटोशॉप सेलेक्ट किया फोटो बनाया जैसे ही फोटोशॉप बंद करोगे जो फोटो बनाई हुई है वो हमारे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक आके प्लेस हो जाएगा तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे प्रोग्राम में बनाकर अपने एमएस वर्ड के प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं ठीक तो ये हो गया हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट ब्लॉक खत्म अगला ब्लॉक जो हमारा है वो है सिंबल्स अगला ब्लॉक है वो सिंबल्स और इस ब्लॉक के अंदर दो चीजें हैं पहला इक्वेशन है और दूसरा है सिंब, सिंबल ठीक तो इक्वेशन में जैसे ही क्लिक करोगे फिर डिफाइंड फॉर्मूला मैथ का जो भी होगा ट्रायंगल का क्षेत्रफल ये वो ठीक है साइन थीटर कॉस थीटर जो भी हो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग यूज़ करके कोई भी वैल्यू रखकर उस फार्मूले के तहत जो भी रिजल्ट जो भी रिजल्ट चाहिए वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और एक काम इसका ये आता है मैथ की बुक भी सीमेंट सब टाइप होती है तो मैथ में क्या होता है रूट पाई ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो ये सब हम लोग अलग से नहीं बना सकते तो इक्वेशन पर जैसे ही जाएँगे तो हम लोग प्लस माइनस पाई सिगमा ये सारे आइकॉन हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं तो अगर आपको कोई अगर आप मान लो कोई मैथ का कोई पेपर या फिर पे कुछ बुक टाइप कर रहे हो और आपको इक्वेशन की ज़रूरत है या फॉर्मूले की सिंबल की जरूरत है तो आप लोग यहाँ इक्वेशन पे जाके वो फॉर्मूलों का सिम्बल इंसल्ट कर सकते हो ठीक सिम्बल में क्या होगा प्रीडिफाइन सिम्बल रहेंगे बहुत सारे ओम का सिंबल कैचिंग हाथी साइकिल ये सारी चीज़ अगर चाहिए या फ़ोन का सिंबल कभी देखते हैं मोबाइल बना रहता है फिर फिर नंबर लिखा रहता है तो जो मोबाइल का आइकॉन है ये आपको सिंबल से मिल जाएगा ओम का आइकॉन है सिंबल से मिल जाएगा कैची का आइकॉन है सिम्बल्स मिल जाएगा बाल्टी ये जा, सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं तो अलग अलग तरह के सिंबल अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पर सिम्बल का यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है सिंबल्स को बड़ा छोटा करने के लिए क्या करोगे तो कोई भी मान लो हमने कोई मान लो हमने मोबाइल का सिंबल ले आया अब इसको बड़ा करना है तो जो सिंबल होता है वो एज अ टेक्स्ट होता है जैसे कोई मैटर लिख के बड़ा छोटा करते हो 12, 14, 16, 18। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई सिंबल लाते हो तो इसको बड़ा करना उसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर फॉन्ड की साइज में जाएंगे 16 करोगे तो बड़ा हो जाएगा 18 करोगे और बड़ा हो जाएगा 20 करोगे और बड़ा हो जाएगा दस करोगे छोटा हो जाएगा यानी सिंबल जो यहाँ से यूज़ करते हैं वो एज अ टेक्स्ट होता है ठीक है यानी पिक्चर इसको नहीं बोलते इसको टेक्स्ट सिम्बल बोलते हैं और ये टेक्स्ट की तरह ही परफॉर्म करता है जहाँ पे इंसर्ट हो गया वहीं पे आ जाएगा उसको उठा के दो तो नहीं कर सकते माउस से बड़ा छोटा नहीं कर सकते जैसे टेक्स्ट के साथ भी हैप करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे सिंबल के साथ ही वो सारा काम करेंगे ठीक तो हम लोग का ये जो इंसर्ट टैब है वो यहाँ पे समाप्त होता है अब हम लोग क्या करेंगे इसका प्रैक्टिकल वाला जो पोर्सन होगा इस वीडियो के बाद तुरंत आ जाएगी तो वहाँ स्क्रीन कॉर्टिंग के माध्यम से जो, जो मैंने बोला है कि ऐसे होता है ऐसा होता है पहले उसको देख लेंगे फिर वो वीडियो देख लेंगे तो हम जान सकते हैं या देख के समझ सकते हैं कि इस आ, इस फंक्शन से क्या चीज़ें होती हैं जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेट टैब आ जाता है तो वो यहाँ पे दिखाना तो ना मतलब दिखा नहीं सकते तो हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको देख सकते हैं कि को कोई टेबल इंसर्ट होता है कोई रो लेना कोई कॉलम लेना कोई रो हटानी है या डिलीट करना है तो वो वो चीज़ें हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं समझ सकते हैं और खुद से कर भी सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो अगला टैप जो आएगा वो होगा तुम्हारा डिज़ाइन टैप सॉरी हाँ लेआउट टैब लेआउट टैब देखेंगे लेआउट टैब में हम लोग क्या करेंगे पेज के बारे में समझेंगे पेज की मार्जिन पेज को बड़ा छोटा करना पेज की साइज चेंज करना पेज को खड़ा बेड़ा यानी पोर्टलेट लैंडस्केप करना ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठीक तब तक थैंक यू सो मच और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए